हेलो गाइज राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से बीए ए सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट डिक्लेअर कर दिया गया है आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखने के लिए ए साइड पर जाना होगा जैसे ही आप क्रोम पर या गूगल पर जाते हो तो वहां पर यूनिराज लिखना होगा जैसे ही आप यूनिराज टाइप करते हैं जैसे ही यूनिराज टाइप करते हैं तो इस तरह का पेज निकल कर आता है यहाँ पर लिख रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इस पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट खुलकर इस तरह आती है आप इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट कॉर्नर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख रखा है रिजल्ट रिजल्ट इस तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेज निकल कर आता है और यहाँ पर लिख रखा है बी पार्ट सेकेंड ईयर एग्जाम दो इसका रिजल्ट आ चुका है बी इस तरह का पेज निकल कर आता है और आपको यहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ही डालना होगा उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ